हेलो दोस्तों नमस्कार सलाम सताल तो दोस्तों आप कैसे हो उम्मीद करूँगा बढ़िया होंगे और बढ़िया होना चाहिए दोस्तों तो दोस्तों देख सकते हो सिंगल दिया था पचासी पचासी का पचासी सीधा सीधा खोल के गया ठीक है दोस्तों अंठावन प्लट में फरीदाबाद में पास है दोस्तों ठीक है फरीदाबाद में प्लट में पास है सिंगल दिया था तो सिंगल चौरासी दिया था छत्तीस दिया था और पिचासी दिया था पिचासी का अंठावन बिल्कुल सीधा सीधा सिंगल खुल के गया दोस्तों मैंने आपको बोला था कि सिंगल तो सिंगल खोलेगा ठीक है एक दो तीन जोड़ी दिया था सिंगल बाकी आपको सपोर्ट में दिया था सपोर्ट का जोड़ी जो है जोड़ी पास नहीं हुआ है हरूप बोल के गया था जितना मर्जी खेल लेना अट्ठा रूप हमारा अंठावन में पास है दोस्तों ठीक है अट्ठा रूप अंठावन में पास है दोस्तों ठीक है दोस्तों अट्ठा रूप में पास है तो आज का भी जोड़ी दूंगा और आज भी मस्त वाली जोड़ी मिलेगा ठीक है जो आपको ट्रिक दे देखेगा ट्रिक में से जो हमारा था ट्रिक उनसठ निकली थी ये यहाँ पे था उनसठ ये दो प्लस करके चला गया कल ठीक है उनसठ में दो प्लस करेंगे तो आएगा हमारा भाई इकहत्तर इकहत्तर इकहत्तर तो इकहत्तर के मार गया ठीक है ये ट्रिक जो था ये दो प्लस करके पहले गया था उसके बाद एक दो तीन चौथा दिन पाँचवा दिन आया यहाँ पर दो ठीक है दो प्लस करके दो प्लस करके इकहत्तर मार के गया दोस्तों ठीक है इकहत्तर मार के गया है वही ट्रिक था यहाँ से जो गेम चल रही थी ठीक है छः और नौ उनसठ उनसठ में दो प्लस इकहत्तर इकहत्तर सीधा सीधा इकहत्तर सीधा सीधा कहाँ मार गया मैं आपको बता दूँ इकहत्तर मार गया ना हमारा फरीदाबाद गाज डी एस में ठीक है तो आज का भी जोड़ी देख लो ठीक है और आज से आपको मिलेगा आज से आ, आज से नहीं मैं कल से दूंगा दे, आपको सिर्फ डी एच के लिए अलग ट्रिक लेके आ रहा हूँ मैं उसके काम पूरा हो गया उसका ठीक है डी एच के लिए ठीक है 20 साल पुराना रिकॉर्ड दिखाऊंगा पुराना रिकॉर्ड से आज तक आपको गेम मिलेगा और लाइफ टाइम वाली ट्रिक के साथ मिलेगा ठीक है दोस्तों तो आज का सिंगल में है बहत्तर 18 और 20 उनसठ सपोर्ट में ठीक है 89 नाइन ठीक है बाकी इसका राशिया हल्के हल्के हल्के हल्के प्ले कर लेना उनसठ 20 की राशि है पचहत्तर 70 25 ठीक है और तेरह की राशियाँ यहां पे बनी हुई है 18 की राशि छत्तीस इक अठारह इकतीस और छियासी यही राशि है ठीक है अठारह की अठारह सिंगल ले, ले लेना और एट्टी नाइन की राशियाँ मैं आपको दे दे दूँ एट्टी नाइन खुलेगा दोस्तों एट्टी नाइन में दो दिन से पकड़ के रखा हूँ आप खुद सोच सकते हो कुछ ना कुछ बात होगा तभी मैं पकड़ रखा हूँ ठीक है दोस्तों नहीं तो मैं पकड़ के नहीं रखता छोड़ देते दे इसको ठीक है दोस्तों ये जोड़ी है और अट्ठाप अट्ठातिया आज भी सॉलिड है ठीक है अट्ठातिया सॉलिड है आज भी और, और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल में आपको मैं गेम डाल दिया हूँ ठीक है टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन गेम डाल दिया हूँ टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेना और ये गेम आज खेल लेना ठीक है पास जरूर होगा गारंटी के साथ ठीक है चलते जय हिंद जय हिंद जय भारत बंद मातरम